बस आप हम आते हैं मैं मोबाइल का चार्ज कर सकते हैं चेयर पड़ा हुआ है या टुकड़ा भाई हमारे समाज गाड़ी पर ये लोग चला बेकार बाजे है ना अभी तो निकलेगा अभी तो निकल जाएगा निकल बाहर आप बाहर से आप जाओ उधर हां देख आज कहां जाती है हां आज तो आएगा हमने नीचे निकाल लो ए ये समाधि